ब्लॉक आई डी में गेट ऑफ गेट कोड का ऑप्शन नहीं आ रहा तो आपको क्या करना पड़ेगा चलिए आइए आप सिखाते हैं अपनी आईडी चालू कीजिएगा चालू करने के बाद आपको नहीं पे क्लिक करना होगा नहीं बाद दूसरे नंबर पे आपको क्लिक करना होगा उसके बाद चलो इसमें आप कुछ टेक्स्ट दे दिया है मैंने वीडियो के नीचे उसको आपको कॉपी करके इसको पे पेस्ट कर देना होगा टेस्ट करने के बाद लगभग तो दस मिनट के बाद आपको सिरा आई डी को लॉगिन करना होगा दस मिनट के बाद देखिए गेट कोड का ऑप्शन आने आप ये देखिए गेट कोड गेट कोड का ऑप्शन आ गया ये अपना कोई नंबर एक चूज कर लीजिए जो कि को आसानी से कोड मिल सके ये देखिए कोड भी आ गया ये कोड इसको सबमिट कर दे रहा सभी कमेंट करें कि वीडियो कैसा लगा आसानी से आईडी डी रिकवर कर सकते हैं